नसों से सूट करता है तो ये जो सूट करता है तो लागत 5000 और ये तो ना उन दोस्तों ने मुड़ करता है जो जो उठ करता है लिखा के 6000 आज रात ने मतलब तेरे यार अंदर से भी सरफिक्स प्रिपेयर कर आप और सीधे कंपाइल कर सकते हैं माइक वीडियो में हाथ का रूम नंबर 2 दोस्तों तुमने मेला हाल तो दर्द गया आप आंख है तुरंत फर्श सिलिंडर बेड डबल बेड